इस कैसे आपके वहाँ वक्त सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो अभी अभी जो है आज का दिन इतना ख़राब जा रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि इतनी ज़्यादा बारिश हो भी मई में हो रही है और अगस्त में क्या होगा कुछ पता नहीं है और इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा बारिश मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश हो रही है उतनी तो होनी नहीं चाहिए हर बार मतलब अगस्त में या फिर जुलाई से स्टार्ट होती थी इस बार तो मई में हो रही है आठ में है और इतनी ज़्यादा बारिश और कल रात में कल रात में मैं फ़ोन लेने के बाद इतना ज़्यादा मतलब थक गया था और हर कोई मतलब ऑब्वियसली उन्होंने इतना दिन बाद ट्रैवल किया मतलब वहाँ पर गया पैदल पूरा पहाड़ वे घूमा उसके बाद एक बैकअप बनाया बैकअप के लिए रखा है एक ब्लॉग वो फोन वाला और ये वाला ब्लॉग मतलब तीन कल तीन तारीख मतलब तीन तारीख को आएगा चार तारीख को आएगा तो ऐसा इसके लिए बैकअप बनाना पड़ता है कभी ऐसा मैं बीमार रहा तो उसके लिए ब्लॉग नहीं बन पाएगा तो एक बैकअप मेरेगा तो मैं आपको दे सकता हूँ तो उसलिए एक बैकअप भी बनाया मैं कल और आज आपको दिखाता हूँ शूज़ एकदम से ही ख़राब हो गया बारिश की वजह से आपको दिखाता चेक कर रहे हो गाइड पूरी बारिश ही बारिश बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बारिश हो गया है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है मुझे पता है इलेटेड हो रहा है मुझे वो आज आ रही है इलेटेड होता है तो देखो कितना बारिश हो शुरू कम से ख़राब हो गया तो अभी चलते हैं फटाफट से अभी लेट हो रहा है और पता चला बारिश आ गई तो भी पूरे कपड़े भीग जाएंगे और आज मैंने मेरी वो आ ज़ोर से बारिश आ रही है फटाफट चलते है। तो अभी जो है बहुत ज्यादा बारिश होने वाली हो रही है तो साइड में कहीं चलते हैं, वहां रुकेंगे उसके बाद ही चल पाएंगे बहुत ज्यादा बारिश आ रही है wow, आपको तो पता है कि मैं बैग में लैपटॉप रखा इसलिए मैं साइड में रुक गया अभी बहुत ज़्यादा जोर सी बारिश हो गई थी तो अगर मैं बारिश में जाता तो लैपटॉप भी ख़राब हो सकता था और एक तो चैनल जी हुआ है वो उसका मेरे को अब मतलब एकदम से मैं उसको एकदम भूल गया हूँ पहला कैसा था कि याद था थोड़ा बहुत कि हाँ ये मेरा चैनल ऐसा ऐसा करके अब तो मैं भूल गया हूँ फिलहाल में तो अभी चलते मतलब तो साइड में रुक जाते दस मिनट रुक ही जाएँगे वो बेटर है और चलते अभी फटाफट से अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गया पंद्रह मिनट बारिश थी वहाँ पर रुका तो भी चलते हैं फटाफट फड़ से तो उम्मीद है आपको ये जो मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ डेली ब्लॉग अभी कर रहा हूँ तो पसंद आ रहा होगा आप कमेंट करके बताओ डेली ब्लॉग डालूं। तो दूरी हफ्ते में सिर्फ तीन ब्लॉग डालूं। आप तो कमेंट ही नहीं करते हो अब तक वो हालांकि चैनल रहता है तो स्पैम हो जाता था कि नहीं नहीं भाई आप डेली ब्लॉग डालो ऐसा आप बताओ कैसा मैं डालूँ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहे तो उस हिसाब से मैं ब्लॉग डालूँगा मैं जस्ट काम पर से आया और अभी देख रहा कपड़े भी उतार हुआ तो इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ ऊपर का तो गाइज ये ब्लॉग इधर ही पे ख़त्म करते हैं अभी कल का ब्लॉग आएगा बहुत ज़्यादा थक गया वो खाना भी खाने का खाना खाने के बाद आंखों में देख रहा पूरी नींद भरी हुई है और अभी सोना है अभी ये वीडियो भी एडिट करना है तो ऐसा <laughs> लग रहा है कि बीमार हो तो उम्मीद है ये ब्लॉग पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को शेयर कर लो यार कितनी बार बोला प्लीज़ कर लो तो उम्मीद है ब्लॉग पसंद आएगा तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो